जरा देर ठहरो राम तमन्ना तो यही है अभी हमने जी बल्कि देखी है जरा देर ठहरो राम तमन्ना तो यहीं है अभी हमने जी बल्कि देखें कैसी घड़ी आती जीवन आई कैसी खड़ी जीवन किया आई अपने ही प्राणों की करते विदाई अपने ही प्राणों की करते विदाई अब ये अजोजा अब ये अजो जा हमारी नहीं। अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम अभी हमने जी देखा नहीं देख कभी हम नजी रखे माता को दी के आंखों के तार दसरा जी के राजे राज जी के राज दुल कभी ये योगा कभी यजो भूलाना कभी हम देखा नहीं है कभी हम नजीव देखा नहीं जरा राम जरा देर ठहरो राम कमलना तो यही है अभी हम जीवर देख नहीं है अभी हम के जाओ प्रभु जाओ अब समय हो रहा है तो प्रभु जाओ तो समय हो रहा है घर का उजाला भी कम हो रहा है घर का उजाला भी कम हो रहा है अंधेरी निशा का अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठा रो राम कमलना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के खानी